टू क्राफ्ट चैनल। सो आज की की वीडियो वीडियो को रिलेटेड या या फिर किसी चीज़ की कुछ भी so बात करने वाला हूँ की मैं कहा यूट्यूब से अपलोड नहीं कर पा रहा था so guys, आज की वीडियो सो so चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे तो पहले आपको मेरे बैकग्राउंड में चेंजेस देखने लाइक ये बहुत ही बेकार बैकग्राउंड है मैं ग्रीन स्क्रीन लाया तो ग्रीन स्क्रीन लगाना और उसको सेट करना उसके जो भी उस, आ, उसकी एडिटिंग होती है वो मुझे नहीं आती तो, तो मैं सीख रहा हूँ तो उसके बाद मैं ग्रीन स्क्रीन सेट भी रहा हूँ और अभी मेरा अप्रैल मेरी बर्थडे के बाद मेरा सेटअप चेंज भी हो सकता है अभी कन्फर्म नहीं है So, uh, ये जो मेरा अभी मैं गया था ये एक्चुअली क्या हुआ कि मैं शुरू ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं की, uh, की कि सपोज कीजिए एक होता है बंदा जाता है फिर दोबारा आ जाता है इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ मैं सितंबर से ही इनेक्टिव था एक दो वीडियो डाली थी मैंने नवंबर में पर मैं एक जैसे आप सपोज सोचते हो कि सेप्टेम्बर में मैंने वीडियो नहीं डाली कोई नवंबर में एक दो डाली दिसंबर जनवरी फेबरवरी मार्च अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है और भाई इससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना बोल पड़ता हैप्पी होली ऑल ऑफ़ सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स फैमिली सो सबको हैप्पी होली और uh, अभी मैं होली खेलते आ रहा हूँ आज ज्यादा रंग लगा सो so भाई इसी से मैं सितंबर से इनैक्टिव था और भाई बहुत लोग प्रूफ क्या है आपके पास सेम्बर से ही इन थे so इसके लिए भी लोगों को सब दिखाना पड़ता है भाई जो भी वीडियो आए मैं उसे कोई दिखता नहीं हूँ अकाउंट अकाउंट अकाउंट अकाउंट से से से कुछ कुछ कुछ देखते नहीं नहीं YouTube अपने नहीं. तो YouTube अपने आप मेरा एक दूसरा देखो किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी को फॉलो कर सब्सक्राइब नहीं करा ये वाली डाली थी सुबाई so जी ये वाली जो वीडियो है ये तो मैंने बहुत पहले बनाने की वाई आई लेफ्ट यूट्यूब के बारे में बनाई थी पर ये मेरी एक्चुअल में मैं उस टाइम पे भी थोड़ा नर्वस था दैन उसके बाद की वीडियो डालूँगा कि नहीं एडिटिंग सही से नहीं हुई थी इसकी तो इसलिए मैंने मन डाला है मेरी नवम्बर पंद्रह को ये वीडियो डाली थी उससे पहले मैं नवंबर पंद्रह पर एक और डाली सात सात सात सात नवंबर uh, हाँ, तो मैं नवंबर में थोड़ा एक्टिव था बट आफ्टर दिस पंद्रह को मैंने डाली उसके बाद में सितंबर में भी से तो ये इन वाला ही चल रहा था मेरा सो भाई अब मैं थोड़ी सी बात करता मैं क्यों गया एक्चुअली मेरे सितंबर के बाद अक्टूबर में एग्जाम थे इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा था यूट्यूब पर उसके बाद नवंबर से मेरे एक्टर चाचू की शादी थी तो नवंबर में तो क्या था दिवाली वाली था। था। तो मैं नहीं कर पाया दिन दिसंबर से काम चालू हो गया था घरों में तो मैं ऐसी आवाज़ में कहाँ से वीडियो बना पाता रात को वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जब भी मेरे आ, कुछ वर्कशीट टेस्ट टाइम थे तो उस टाइम के बाद जनवरी में मेरे चाचू की शादी थी उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाया टेंथ फरवरी में मेरे एग्जाम से तक मैं नहीं बना पाया मार्च में भी मेरे जब तक रिजल्ट आया जब तक मैं आराम कर रहा था यार पढ़ाई कर करके तो आप ये लगा सकते हो कि मेरा पूरा ऐसे ही टाइम चला गया ऐसे निकलने करके मुझे एक्चुअली दो हफ्ते की जरूरत मेरी थी जो काम वाम चले सब डिस्टरबेंस हुआ मेरे उससे तो मैं यूट्यूब को छोड़ चुका था ऑलमोस्ट अब वाइज मैं बिल्कुल ही एक्टिव होने वाला हूँ यूट्यूब पर अब वाइज बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं एंड अब मैं आपको थोड़ा अपने YouTube के शुरू की वीडियोस भी दिखाता हूँ ये एक मतलब नॉट इसका टाइटल होगा वाई आई लेफ यूट्यूब बट इसमें मैं आपको और भी चीज़ दिखानी होगी तो आज हम थोड़ा अपना चैनल को भी देख लेते हैं सो आई मेरी फर्स्ट जो वीडियो थी वो वीडियो थी अडिनो के बारे में शुरू में मैंने बनाई थी तो वो हो चला हम देखते चैनल पर जाकर और बस बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आ, मे, आ, मेरा जो चैनल है उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग उन्हें नहीं आती तो मैं आपको बता दी के आर ए एस टी एन ओ तो ये मेरे चैनल की स्पेलिंग तो so इधर आ जाता है मेरा चैनल तो देखते हैं आठ आठ महीने हो गए एक हो तो एक साल होने वाला है वीडियो डालते हुए वैसे क्या चार महीने हुए लेफ्ट करते हुए बट नौ महीने हो गए इसको इस वाली वीडियो को नौ महीने हो गए मैं नौ महीने पहले यूट्यूब ज्वाइन किया था इस पर अभी 105 सौ पाँच व्यूज़ है इस पर तीन व्यूज़ कम्प्लीट हो चुके हैं कैस थैंक यू सो मच इसे 300 सौ व्यूज़ कराने के लिए ये कुछ चल ही नहीं थी मेरी ये थोड़ी बहुत चलती मेरे पे पचास साठ व्यूज़ आते हैं बट मैं भी देखना चाहता था मेरे वीडियोज़ पे हज़ार दो हज़ार एक लाख दो लाख एक मिलियन टू मिलियन थ्री मिलियन फोर मिलियन फाइव मिलियन रूप है सब सब देखते हैं ने देख के या आप वो कर सकते हो ये जब मैंने अपना माइक लिया था अभी वो माइक में यूज़ नहीं कर रहा आ, बट हाँ मैंने ये माइक लिया था Uh, मैं मेरी वीडियोस चलती थी थोड़ी बहुत चलती थी बट अब नहीं चलती है और वाइज uh, जो आप मुझे uh, जो भी मुझको फॉलो करते हैं लोग उनको नहीं पता कि मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी था जो भी था इंस्टाग्राम एट क्राफ्टिंग वाला मैं आपको दिखा देता सारे ड़ा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें क्यों गया था क्या है तो ये मेरा इंस्टाग्राम था जो कि फेक नहीं है एक्चुअल है ये अब मेरे आ, उस हैंड में नहीं है बट ये जल्दी ही मेरे हैंड में नहीं आने वाला ये मैंने बंद कर दिया बट आई हैव एन अनदर अकाउंट जो कि कृष्ण यादव के नाम से हैदव एंड बस बहुत लोग मेरा नाम नहीं जानते मैं इलेवंथ को मेरा बर्थडे है विश में हैप्पी बर्थडे तो एक्चुअल तो, जो मेरा नाम है वो कृष्ण यादव जो आधार कार्ड वगैरह में डाला हुआ है वो कृष्णा यादव है एंड देन उसके अलावा मेरे आ, ये मेरा नहीं है भाई हाँ ये ये भी नहीं है मेरा कहाँ चला गया कृष्णा अभी <laughs> रहा। so, हाँ तो सो मेरा मेरा अकाउंट अकाउंट तो नाम से से ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे जाके उट कर सकते हो so, सो यही थी आज की वीडियो आज मैं मैं YouTube से क्यों चला गया था सो मच फॉर वॉचिंग दिसक केयर एंड बाय बाय एंड एक चीज में बोलना रेगुलर वीडियो अब आने।